इंटरनेट ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस तो लगा रहेगा लेकिन पोजिशनल ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो हमेशा ज़्यादा आता है और अच्छा आता है और बहुत ही अच्छा एक्यूरिशी रहता है मैं ज़्यादातर लोगों को रेकमेंड करता हूँ जो बिगनर्स हैं वो स्टॉक्स में ट्रेड करें पोजिशनल तो फ़ायदा बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है आज कुछ स्टॉक्स मैं लेके आया हूँ जो आपके साथ शेयर करूँगा जो आने वाले दो तीन दिन के अंदर या फिर एक हफ्ते के अंदर बहुत ही अच्छा तेज़ी देखने के लिए मिल सकता है नमस्कार मैं हूँ प्रसाद और आपका स्वागत करता हूँ इन्वेस्टमेंट डाउन में तो पहला जो स्टॉक है मैं आपको आ, दिखाना चाहूँगा वो है मुथुट मुथूट फाइनेंस फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं अगर देखा जाए फंडामेंटल्स के बारे में तो 48000 करोड़ की कंपनी है नेगेटिव कैश फ्लो लास्ट 10 ईयर का एवरेज है मतलब ये पैसा नहीं निकाल रहे हैं इनका अगर डाइल्यूशन देखा जाए कैपिटल डाइल्यूशन 2018 में एक बार डाइल्यूट हुआ था जो कि नेगेलिजिबल है एटीन नाइनटीन में थोड़ा प्रॉब्लम आए थे इकोनॉमिक क्राइसिस के सेल्स तेईस हजार तेईस करोड़ का सेल्स था जो 10 साल पहले अभी उनका सेल्स है 10 दस, दस हजार करोड़ मतलब लगभग चार गुना पाँच गुना तक चार गुना हुआ है नेट प्रॉफिट से अगर देखा जाए तो पाँच करोड़ का नेट प्रॉफ़िट होता था अभी साढ़े करोड़ का नेट प्रॉफ़िट है तो लगभग सात गुना नेट प्रॉफिट में जंप हुआ है तो ये कंपनी फंडामेंटली मुझे अच्छा लगा अगर यहाँ पे मैं देखूँ डेली कैंडल चार्ट में तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है आप अगर देखेंगे तो ट्राउन डाउन ट्रा, ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पे ब्रेकआउट होकर टू हंड्रेड मूविंग एवरेज के और चलने लगा है अगर नीचे के साइड में देखेंगे तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे 20 मूविंग एवरेज 100 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है तो यहां पे एक रिवर्सल पैटर्न बनने का चांसेस है मैं यहां पे रेकमेंड करता हूं ग्यारह सौ में स्टॉक को खरीदने के लिए तेरह का आप टारगेट रख सकते हो 1105 का आप स्टॉप प्लस मेंटेन कर सकते हो अगर आप यहां पे देखोगे तो टू वन इंस टू टू पॉइंट का आपका रेशियो मिल रहा है मतलब एक रुपये के लॉस में ढाई रुपये पैसे बनाने का मौका मिल रहा है मुथूट फाइनेंस मेरे तरफ से बाय है हो सकता है ये आगे जाकर आपको अच्छा रिटर्न्स दे पाए सेकंड जो स्टॉक है वो है वोल्टस वोल्टस में भी बहुत अच्छा तेजी देखने के लिए मिला है लगभग ब्रेकआउट में है स्टॉक अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, तो एक सीमेट्रिक ट्रायंगल बना रहा है और बार बार ये जो नीचे का ट्रेंडलाइन है यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पर मैं बाय कहूँगा जब ये कैंडल क्रॉस करता है तो आप इसमें बाय पोजिशन बना सकते हो जब ये हाइट तोड़ेगा तो स्टॉपलस उसी तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टॉपलस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं और टारगेट आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस पे तो वन इंस टू टू का रेशियो है वन इंस टू टू का रेशियो है तो आपको टारगेट दे रहा हूँ मैं ग्यारह सौ का ग्यारह सौ का और आप स्टॉपलस मैंटेन कर सकते हो लगभग नौ के पास चालीस रुपए का स्टॉप स्टॉपलस और डेढ़ सौ रुपये का टारगेट है आपका ये स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में बताऊं तो वोल्टस आप लोगों को सबको पता बहुत बड़ी कंपनी है अभी मार्केट कैप उसका थोड़ा ज़्यादा चल रहा है मार्केट पी भी सिक्सटी सेवन है और जो मार्केट कैप है तैंतीस हज़ार करोड़ की कंपनी है अगर फेयर वैल्यू की बात करूँ तो मैं डिस्काउंट कैश को मैथर्ड में इसका वैल्यूशन निकाल रहा था तकरीबन बीस हज़ार करोड़ की कंपनी होनी चाहिए तो अभी जो शेयर प्राइस में ग्रोथ हुआ है आ, इसके वजह से हम थोड़ा रिजर्व रहने के लिए कहेंगे टेक्निकली बाई कर सकते हैं ब्रेकआउट होता है तो लेकिन फंडामेंटली इसको आप कभी भी इन्वेस्टमेंट में अभी ना लें अगर ये इसका शेयर प्राइस आधे से कम हो जाए आपको डिस्काउंट में मिले तभी जाके आप ले सकते हो अगर सेल्स के बारे में बता बताऊं तो 10 साल पहले ये पाँच हज़ार करोड़ की सेल्स कर रही थी अभी दस हज़ार करोड़ की कंपनी सेल्स कर रही है मतलब लगभग दोगुना ही हुआ है 10 सालों में उतना जोरो से जंप नहीं हुआ नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 10 साल पहले साढ़े तीन हजार साढ़े तीन सौ करोड़ की कंपनी प्रॉफिट कर रही थी अभी पाँच करोड़ की कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो मार्जिन बहुत ही हल्का है आ, इसका मतलब यह है कि बड़ी कंपनी है लेकिन उतना फ़ायदा भी नहीं हो रहा है तो इसका सबसे अच्छा पार्ट मुझे जो लगा ये कैपिटल डायल्यूट नहीं कर रहे हैं अपना रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं और लोन्स घटा रहे हैं तो आगे जाके अगर अपॉर्चुनिटी कुछ मिलता है तो इनका बहुत अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है प्रीमियम सेक्टर है आपको लो पी में नहीं मिल सकता है लेकिन जिसको रेडार में रखे जब कभी भी आपको लो पी में मिले जहाँ पर ट्रेड रहे उसके आधे के प्राइस में मिले आधे पी में तो इसको खरीदना इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना ना भूलें थर्ड जो स्टॉक है भारत फॉक तो ये ऑटो एक्सेलरी से आता है अच्छी कंपनी है मुझे बहुत पसंद है मैं ऑटो ऑटो एक्सिलरी में बहुत विश्वास रखता हूँ क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं तो अगर यहाँ पे देखा जाए एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बना है, और ऑलरेडी ब्रेकआउट दे के रिट्रेस होके प्राइस ऊपर गया है डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से हो सकता है यहाँ पर एक दो दिन वेट करें लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगा तो यहाँ पे मैं अगर आपको सपोर्ट टारगेट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊँ तो करंट मार्केट प्राइस में आप एंट्री कर सकते हो स्टॉपलस अभी जो कैंडल है उसके नीचे डेली कैंडल चार्ट के नीचे आप लगा सकते हो 790 का बाइंग है 745 सौ पैंतालीस का स्टॉपलस लगा सकते हो और टारगेट रिसेंट हाई एक सेकेंड मैं आपको एक अच्छा सा टारगेट भी दे देता हूँ इसका आप इसका टारगेट 850 का टारगेट रख सकते हैं तो अगर इसके फंडामेंटल के बारे में बात करा जाए तो अभी कंपनी स्लो चल रही है उतना आर ओर में अच्छा नहीं है लेकिन uh, 2018 में इन्होंने भी कैपिटल रेज किया था कंपनी स्ट्रांग है वैल्यूशन के बारे में बात किया जाए तो 36000 करोड़ में अभी की मार्केट कैप है लेकिन uh, मेरे हिसाब से 13000 करोड़ की कंपनी होना चाहिए तो ऑलरेडी तीन गुना ज़्यादा uh, मार्केट कैप में ट्रेड हो रहा है तो अगर प्राइस नीचे ट्रेड आए अगर प्राइस आपको डिस्काउंट में मिले तब आप खरीद सकते हो इसका सबसे अच्छा जो पार्ट है मैं क्यों इसके ऊपर ज़्यादा भूलिस हूँ क्योंकि ये कंपनी 10 साल पहले 250 करोड़ की प्रॉफिट कर रही थी अभी हज़ार करोड़ की नेट प्रॉफिट तक आ गए हैं मतलब 10 सालों में चार गुना प्रॉफिट करने की कैपेबलिटी रख चुकी है तो प्रीमियम सेगमेंट है अच्छे अनसिलेरीज बनाते हैं आने वाले समय में न्यून भी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा तो अगर इसको भी इन्वेस्टमेंट आइडिया में लेना चाहते हैं तो तेरह चौदह करोड़ की मार्केट कैप में आप दे सकते हो लेकिन अभी थोड़ा ओवर हो रहा है तो इसे ट्रेड के लिए ले सकते हो सेवन फोर्टी फाइव का आप स्टॉपलेस रखिएगा सेवन नाइन्टी के बाई करने पर और इसका जो टारगेट है मैंने अभी आपको बताया सेवन एट सेवनटी एट एट सेवेंटी फाइव और नाइन एटी टू के टारगेट में आप खरीद सकते हो तो अगर यहाँ पे मैं रिस्क रिवर्न रेशो के बारे में बात करूँ तो आपका यहाँ पर रिस्क है लगभग आपका पैंतालीस और जो तो टारगेट अमाउंट है ओ सॉरी हाँ टारगेट अमाउंट है एक सौ का तो वन एज टू तो फोर का ये अच्छा सा कॉल हो जा रहा है अगर वीकली चार्ट भी मैं देखूं तो वीकली चार्ट में भी आप अगर देख सकते हो ऑफ ट्रेंड में है प्राइस प्राइस ऑफ ट्रेंड में है ऑफ ट्रेंड में यहाँ पे एक रिट्रेस हुआ था यहाँ पर रिट्रेस हुआ है और यहाँ से एक बड़ा सा रिट्रेस हुआ है, यहाँ से एक जंप देगा मार्केट में तो आराम से यहाँ पर आप ट्रेड एंट्री कर सकते हो अच्छा पैसा बना सकते हो और हम हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर हम बहुत ही अच्छे अच्छे शेयर्स जो मोमेंटम मतलब एक दिन में दो दिन के अंदर बढ़ने चाहिए आवर्ग के अंदर चार्ट के हिसाब से वो स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं आपको अगर हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं जहाँ पे टेलीग्राम का चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट ऑन लॉक